प्यारे भारतीयों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो प्यारे भारतीयों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है इस वीडियो में हम आपसे राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित 15 ऐसे प्रश्नों को पूछेंगे जो कि राजस्थान की, की लगभग हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका पहला प्रश्न है राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है राजस्थान में प्यारे अभ्यर्थियों किसानों के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है ऑप्शन गाद दोमट बलुई मिट्टी मटियार दोमट या बलुई दोमट तो प्यारे अभ्यर्थियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो बलुई दोमट मिट्टी है वो राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है दूसरा प्रश्न है मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं दोस्तों मिट्टी की उर्भरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कोन कौन से हैं ऑप्शन मिट्टी निर्माण की अवधि जैविक तत्व मिट्टी का गठन या अजैविक तत्व तो जल्दी कमेंट करिए साथ ही इसके उत्तर को तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो जैविक तत्व हैं मिट्टी की उर्भरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं तीसरा प्रश्न है मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ऑप्शन जैविक पदार्थ स्थलाकृति स्थानीय जलवायु या आधारित चट्टान आधारी चट्टान तो प्यारे भारतीय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय जलवायु मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा प्रश्न है राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है ऑप्शन भूरी बलुई मिट्टी कोप मिट्टी काली मिट्टी या भूरी दोमट मिट्टी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काली दौमट काली मिट्टी काली मिट्टी राजस्थान राज्य में चंबल और माही माहिवेशन में पाई जाने वाली मिट्टी है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवा प्रश्न है क्षार्य भूमि का पीएच कितना होता है क्षार्य भूमि का दोस्तों पीएच मान कितना होना चाहिए ऑप्शन सात पॉइंट दो चार पॉइंट नौ आठ पॉइंट पाँच या पाँच पॉइंट तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो छिया मिट्टी होती है उसका पीएच का मान साथियों आठ पॉइंट पाँच आठ पॉइंट पाँच होता है यानी कि दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों छठा प्रश्न है राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है राजस्थान राज्य में फसल कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है ऑप्शन लाल मिट्टी काली मिट्टी लाल काली मिट्टी या कोप मिट्टी तो जल्दी कमेंट करिए साथ इसका उत्तर को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपकी काली मिट्टी है वह राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है सातवा प्रश्न है पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है पीली की मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है ऑप्शन मूँगफली चावल घेहूँ या कपास तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मूंगफली पीली मिट्टी के क्षेत्र में अधिक बोई जाती है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आठवां प्रश्न है राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन काली मिट्टी छाया मिट्टी धूसर मरुस्थलीय मिट्टी या दोमट मिट्टी तो प्यारा भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धूसर मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ पाई जाती है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवा प्रश्न है राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय है राजस्थान राज्य में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय कौन सा है उपयुक्त खेतों की मेड़बंदी करना वृक्षों की पट्टी लगाना चारागाह का विकास करना या फसलों को बदल बदल कर बोना तो प्यारे भरते इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्षों की पट्टी लगाना राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मस्तले क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय है दसवा प्रश्न है राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है यह प्रश्न दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है ऑप्शन काली मिट्टी में लाल पीली मिट्टी में कॉपर मिट्टी में या बलुई मिट्टी में तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपकी कॉप मिट्टी होती है उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है याद रखना इसको तो साथियों आपका ग्यारहवर प्रश्न है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है कौन से जिले में स्थित है बताना है साथियों आपको ऑप्शन अलवर जोधपुर अजमेर या बीकानेर तो प्यारे भ्यार्थ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है याद रखना इसको ठीक है ना दोस्तों तो साथियों आपका बारह प्रश्न है राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस ज़िले में है राजस्थान में बेहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है ऑप्शन धौलपुर जयपुर सवाईमाधोपुर या नागौर उत्तर कमेंट करिए साथियों जल्दी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई माधोपुर जिले में वीर भूमि का सर्वाधिक विस्तार है तेरहवा प्रश्न है राजस्थान राज्य में मिट्टी अपर्धन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है मिट्टी अपर्धन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी का नाम क्या है ऑप्शन बानगंगा माही चंबल या दोस्तों बनास तो ऑप्शन तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो चंबल नदी है राजस्थान राज्य में मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली नदी है याद रखना साथियों यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो साथियों आपका चौदहवा प्रश्न है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारिय हो जाती है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारिय हो जाती है बताना है साथियों आपको ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड गंधकम या सोडियम कार्बोनेट तो साथियों आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट से मिट्टी क्षारिय हो जाती है जब दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की जल में अधिकता हो जाती है तो मिट्टी क्षारिय हो जाती है याद रखना साथियों इसको और साथियों जो इसका सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वह है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तो साथियों आपका अंतिम वह प्रश्न है राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है ऑप्शन बाड़मेर पाली जैसलमेर या दोस्तों नागौर जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कई बार कई एग्जामों में पूछ लिया भी गया है तो साथियों इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाया जाता है ऑप्शन सी साथियों इसको याद रखना जैसलमेर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा